कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहा पालिया तू ही दिल की हैरौनत तू ही जनू की दौलत और कुछ ना जानो बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है